इसी को पे कहा जाके दे जो दिया भाई को तो डिलीट मार डिलीट कर दिया है वे भाई बोले छोड़ रहा हूँ मैं छोड़ रहा हूँ भाई आ जाओ